नमस्कार स्वागत अभिनंदन दिनांक 15 नवंबर के दैनिक राशिफल में दिन शुक्रवार रहेगा मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए आज के दिन को विशेष और प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या शुभ उपाय हैं आज के दिन में क्या क्या घटनाएं मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के साथ घटित होगी इन सभी विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ दर्शकों आज के दिन अर्थात तृतीय तिथि है तो क्या सेवन नहीं करना चाहिए तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए आज का पंचांग क्या कहता है पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया और जो हमारा ये राशिफल है ये चंद्रमा के गोचर के आधार पर चंद्र राशि पर आपके आधारित है तो दर्शकों मार्ग शीर्ष मास कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि रहेगी विक्रम संबत्त दो हजार छिहत्तर सख परिधावी नामक संवत्सर रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर उनतीस मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर बारह मिनट पर नक्षत्र रहेगा मृगशिरा इसके उपरांत आद्रा नक्षत्र रहेगा आज योग रहेगा शिव इसके उपरांत सिद्धि योग रहेगा करण रहेगा वरिज इसके उपरांत बिष्टि और अंतिम करण रहेगा व करण दर्शकों चंद्रदेव जो चलायमान रहेंगे सुबह ग्यारह बजकर 3 मिनट तक तो ये अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में चलायमान रहेंगे इसके उपरांत ये मिथुन राशि में जो है गोचर करेंगे संचरण करेंगे सूर्यदेव तुला राशि में ही हैं अभी नीच के चल रहे हैं इसके साथ साथ दर्शकों देखिए बताना चाहेंगे तृतीया तिथि तृतीया तिथि के दिन परवर का सेवन नहीं करना चाहिए शास्त्रों में लिखा है कि जो भी व्यक्ति तृतीया तिथि के दिन परवर का सेवन करता है तो उसके जीवन में शत्रुओं की वृद्धि बेतहाशा होती है तो यदि आप लोग भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई आपका शत्रु ना बने तो तृतीया तिथि के दिन परवर का सेवन करना बंद कर दीजिए और चतुर्थी तिथि जो होती है चतुर्थी के दिन मूली का सेवन नहीं करना चाहिए सफ़ेद तिल का सेवन नहीं करना चाहिए इससे धन नाश होता है शास्त्रों में ये चीज़ वर्णित है दर्शकों शुक्रवार दिन रहेगा दिशा सूल की बात करें तो पश्चिम दिशा की ओर आज दिशा सूल होता है पश्चिम दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी है लेकिन यदि किसी कारणवश आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो सौंफ का मिश्री का सेवन करके आप यात्रा कर सकते हैं और पहले आप पूर्व दिशा की ओर चार पग चलिएगा उसके उपरांत फिर पश्चिम दिशा की ओर आप जाइएगा शुभ समय की बात कर लेते हैं तो आज अमृत काल रहेगा दोपहर दो, दो बजकर सोलह मिनट से लेकर के तीन बजकर चौवन मिनट तक का विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर एक बजकर अड़तीस मिनट से लेकर के दो बजकर इक्कीस मिनट तक का राहुकाल की यदि हम चर्चा करें तो शुक्रवार का जो राहुकाल होता है सुबह साढ़े बजे से लेकर के ग्यारह मिनट तक का जो समय रहता है ये राहुकाल का रहेगा तो दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग जो कि पाँच अंगों से मिल करके बनता है ये पांच अंग है दर्शकों वार नक्षत्र योग योगकरण तो इन सभी विषयों पर हमने प्रकाश डाला इसके साथ साथ दर्शकों शुक्रवार दिन और हमारे वो जो दो भाग्यशाली जो है विजेता हैं उनके भी नामों की आज हम घोषणा करेंगे तो देखिए ये जो क्या कहते हैं शुक्रवार दिन है मां लक्ष्मी को आप कैसे मनाएं अर्थ की जरूरत जीवन में सबको होती है कौन नहीं चाहता कि उसके पास पैसा ना हो शायद ऐसे बहुत कम लोग हैं जो माया है ये सबके ऊपर बढ़ चढ़ करके रहती है तो देखिए उपाय क्या करना रहेगा हम आपको स्टार्टिंग में ही बताई दे रहे हैं आपकी चाहे जो राशि हो शुक्रवार वाले दिन कोशिश कीजिएगा कि ललिता सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ करिए और आज के दिन किसी कन्या को आपको कुछ मीठा देना है कम से कम 11 कन्या हो तो उनको कुछ आपको मीठा देना है पैर छुकर के आशीर्वाद लेना है दर्शकों यदि आपने सात शुक्रवार ये उपाय कर लिया तो यकीन मानिए धन जो सोर्स के माध्यम है ये कहीं ना कहीं से आपके जीवन में धन की प्रगति होती रहेगी पैसा आपके पास आता रहेगा तो ये तो था लक्ष्मी प्राप्ति से जुड़ा हुआ उपाय हमारी जो पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि मेष राशि के जात क्या कुछ कहते हैं आज के दिन के आपके सितारे तो आज आपके जीवन में कुछ नए और बड़े बदलाव हो सकते हैं आज आपके जो है व्यापार में और कारोबार में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है आज कोई विवाह का रिश्ता आ सकता है और आगे चल करके जो है ये विवाह का रिश्ता आपका मजबूत होगा पक्का होगा इन्हीं से आपकी शादी होगी आज जीवन साथी के साथ भी बड़े रोमांटिक मूड में रहेंगे कहीं घूमने फिरने का आज प्लान आप बना सकते हैं आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है आज, आज आप अपना ध्यान लक्ष्य की ओर बनाएंगे यात्राओं का योग है किसी शादी ब्याह के फंक्शन में आज आप प्रतिभाग कर सकते हैं शामिल हो सकते हैं आज किसी से आज किसी की मदद मिलने से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे सेहत के मामले में आज आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे संतान सुप्र होगी और आज आपके रिश्ते मजबूत होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि चावल का दान आप लोग किसी महिला को करें तो बेहतर रहेगा शुभ कलर भी आपके लिए आज रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो वहीं वृषभ राशि के जातकों आज आपके सोचे हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे किसी नए बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में आज आप सोच सकते हैं आपके लिए बहुत सी चीजें आज फायदेमंद रहेगी खास करके विवाहितों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है जीवनसाथी की मदद से आज, आज आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है यदि आप किसी मेडिकल या कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपको अपनी मेहनत का फल जल्द ही सफलता के रूप में मिलेगा आज आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स मिलने से आज आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा किसी कन्या के पैर छुकर के आशीर्वाद लीजिए और किसी कन्या को आज कुछ मीठा आप लोग खाने को दीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा रहेगा आज कोरल ब्लू कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन मिथुन राशि के जातकों तो आज आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के अच्छे मौके मिल सकते हैं घर के किसी काम को लेकर आज कोई बहुत बड़ा फैसला आप कर सकते हैं संतान की ओर से आज आपको खुशखबरी मिलने की संभावना है पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी आज आपके दफ्तर में कोई उलझा हुआ मामला सुलझ सकता है आज आप ऑफिस के काम में Uh, क्या कहते हैं एक दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है जॉब के रिगार्डिंग बिजनेस संबंधित नए लोगों से जुड़ने का आज, आज आपको मौका मिल सकता है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो ओम श्रीम श्री नमा माँ लक्ष्मी का ये मंत्र है बीज मंत्र है इसका आज, आज आप एक माला जाप करिए भगवान भास्कर को जल अर्पित करिए यकीन मानिए आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो कर्क राशि के जातकों तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज किसी खास काम के लिए आपके मन में कोई नया विचार आ सकता है और उस पर आप जल्दी ही काम शुरू कर सकते हैं आज कोई नया वाहन क्रय करने के योग कर्क राशि के जातकों का बन रहा है साथ ही साथ काम की पहले से ही रूपरेखा जरूर बना लें तो सौदा फायदेमंद साबित होगा आज का दिन पढ़ाई लिखाई में उपलब्धियों भरा रहेगा आज आप खुद को तनावग्रस्त महसूस करते हुए भी देखिए दिखाई पड़ रहे हैं शाम का समय बच्चों के साथ अच्छे से स्पेंड करेंगे परिवार के लोगों के आपके रहेंगे। के लिए कोई बहुत बड़ी डील आज ंग की चुंदरी भेंट करनी होगी शुभ कलर आपके लिए ही आज रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा एक सिंह राशि सिंह राशि के बाद जो हमारे पहले भाग्यशाली विजेता है उनके हम नाम की घोषणा करेंगे सिंह राशि के जात को आज आपके वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा काम में जीवन साथी की सलाह फायदेमंद साबित हो सकती है बिजनेस में नई परियोजनाओं को लागू करने से आज आपको फ़ायदा हो सकता है आपके माता पिता की सेहत में सुधार होगा ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ बहस करने से आज आपको बचना होगा आज स्थित आपके विपरीत हो सकती है अधिकारियों से आज आपको बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए कोई दोस्त आज आपके काम में मदद कर सकता है माता पिता के पैर छु के आज आशीर्वाद लीजिए और आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि लक्ष्मी सूक्त का पाठ करिए धन संबंधी जो भी अवरोध होंगे ये दूर हो जाएंगे शुभ कलर ही आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट और तो शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ तो दर्शकों आज हमारी जो पहले भाग्यशाली विजेता हैं इनका नाम है साधना पांडे जी हाँ कमेंट आया है इनका साधना पांडे जी का इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये है बीस सितंबर नाइनटीन जो है बर्थ प्लेस इनका गोरखपुर का है और जो जन्म का समय है ये है रात्रि एक बजकर बीस मिनट का माफ करिएगा रात्रि दो बजकर बीस मिनट का इनका जन्म का समय है इनका प्रश्न है कि कैरियर से रिलेटेड मामलों में कब स्थायित्व मिलेगा और धन संबंधी जो इनके प्रॉब्लम हैं ये कब दूर होंगे तो साधना जी देखिए आपकी जो कुंडली है ये कर्क लग्न की कुंडली और आपकी जो राशि है ये पाइसेस है अर्थात मीन राशि है देखिए फोर्थ हाउस में ही बहुत ही बड़ा राजयोग बना हुआ है महालव्य महापुरुष नामक योग पंच महापुरुषों में एक सर्वश्रेष्ठ योग होता है आपकी कुंडली यदि कोई देखेगा तो कहेगा अरे आपकी कुंडली में तो जो है संखचचूर्ण नामक काल सर्प दोष बना हुआ है फलाना कराइए धमाका कराइए कुछ कराइएगा कोई काल सर्व दोष होता ही नहीं है निश्चिंत होकर के आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए आपके जीवन में सब अच्छा चल रहा है लेकिन आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी दूसरा आपने जो जॉब के रिकार्डिंग पूछा है तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छे पोस्ट पे होंगी और आप अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा काम कर रही होंगी जो कुंडली आपकी कह रही है आपने पूछा कि कैरियर में स्थायित्व कब आएगा तो कैरियर में स्थायित्व आएगा दो के बाद में और रही पैसों की बात तो पैसा देखिए आपके पास आता है ये जो है आप गलत कह रहे हैं कि पैसा बचता नहीं है ये जो आपकी कुंडली ये कुंडली बता रही है कि आप पैसों के मामले में बड़ी कंजूस हैं तो उपाय अब आपको क्या करना है तो देखिए उपाय के तौर पर हम आपको बता दें कि विष्णु सहस्त्र नाम का यदि हो सके तो प्रतिदिन पाठ करिए दूसरा फुल मून पूर्णिमा का व्रत आपको रहना है यदि आप पूर्णिमा का व्रत उठा लें तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा तीसरा एक प्रयोग हम आपको और बताई दे रहे हैं एक माड़िक और एक मोती ये जिम स्टोन है इसको आप आंख बंद करके धारण करिए आपको बहुत तगड़ा सूट करेगा तो यही आपको छोटे छोटे से उपाय करना बहुत कुछ जानना है तो आप अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण करवा सकते हैं और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे कि यदि आप भी अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और यदि आपके पास पैसा नहीं तो कोई बात नहीं इसी राशिफल के कार्यक्रम में हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस और आपके प्रश्न ये कमेंट में छोड़ दीजिए हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दें तो कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं कन्या राशि के जातकों आज कामकाज के मामले में परिस्थिति बेहतर रहेगी आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे आज जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं इससे आपके संबंधों की मजबूती बरकरार रहेगी आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी माता पिता आपकी मेहनत से खुश रहेंगे आज आपको सभी काम में उनका सपोर्ट प्राप्त होगा कोई नया वाहन या कोई नया फ्लैट इत्यादि आज आप क्रय कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे व्यापार को बढ़ाने के लिए आज आपकी मेहनत सफल रहेगी तो उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि भगवान शिवलिंग पर भगवान शिव जी पर अर्थात शिवलिंग पर दूध में मिश्री डाल करके और शहद डाल करके अभिषेक करिए और ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए आपका दिन अच्छा जाएगा शुभ कलर ही आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ लिब्रा जी हां तुला राशि तो तुला राशि के जातकों आज बिजनेस के सिलसिले में आपको अचानक से या करनी पड़ सकती है आज आपका दिन मिला रहेगा आज किसी से बात करते समय आपको विनम्र स्वभाव रखना चाहिए क्योंकि देखिए दर्शकों जो स्वभाव होता है ये काफ़ी कुछ कहता है यदि आप आ, का किसी से काम है और आप उससे ही अकड़ के बात करेंगे तो आपके कोई काम नहीं बनेंगे यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं तो आप सोच समझकर निवेश करिएगा अन्यथा आपका पैसा फस सकता है किसी प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले आज आपको वर्क प्लान तैयार करना होगा इससे आज, आज आपको काम में फ़ायदा मिलेगा सेहत के मामले में आज थोड़ा सा थकान भरा जो है दिन रहने वाला है आज आपको अपने जो है जीवन शैली पर में बदलाव करने की ज़रूरत है कोशिश कीजिएगा सुबह उठ करके भ्रामरी प्राणायाम कीजिए और आज चंदन का तिलक मस्तक पर लगाना रहेगा श्रीमंत्र का मानसिक जाप करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात अगली राशि आती है हमारी वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि के जातकों आज आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहेगा खुद की मेहनत से आज आप परिवार की अपेक्षाओं पर खरे उतरने में कामयाब होंगे इसी जरूरी काम में आज आपको सफलता मिल सकती है इस राशि के खास करके जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं इनके लिए आज का दिन बेहतर होगा ऑफिस में आपके काम काज को लेकर के बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे लवमेट के साथ आज आपके संबंध अच्छे रहेंगे साथ में बाहर घूमने का आज प्लान बना सकते हैं आज आपकी सकारात्मक सोच पॉजिटिव जो सोच हैं ये आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है आज नए रिश्ते आपके बनेंगे और वो रिश्ते बेहतर रहेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा चीटियों को शक्कर मिश्रित आटा डालिए और मछलियों को यदि आटे से बनी हुई गोली खिलाते हैं तो बेहतर रहेगा शुभ कलर ही आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक सेजिटेरियस धनुराशि इसके बाद हमारे जो दूसरे भाग्यशाली विजेता हैं इनके हम नाम की घोषणा करेंगे तो धनु राशि के जातकों आज आपका बढ़ा हुआ मनोबल किसी जरूरी काम में आपको सफलता दिलाएगा माता पिता के सहयोग से कारोबार के क्षेत्र में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं आज आपको कुछ मनोरंजक कार्य करने का मौका मिल सकता है आपकी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग रहेगी बच्चे आज आपके साथ कोई जो है क्या कहते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको कामयाबी हासिल होती हुई दिख रही है आज आपके काम की प्रशंसा आपके उच्च अधिकारी करेंगे उच्च अधिकारियों से कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट आज आप प्राप्त कर सकते हैं आज कार्यस्थल पर आपका मन प्रसन्न रहेगा कैरियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे नए लोगों से मुलाकात लाभदायक रहेगी धन लाभ के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे उपाय के तौर पर करना क्या होगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि की आज गाय को आप लोग जो है रोटी में सफ़ेद कोई मिठाई ले करके और रख करके आप गाय माता को खिलाइए और आज लक्ष्मी सूक्त का एक पाठ आपको शाम के समय करना रहेगा एक घी का दीपक जला करके शुभ कलर है आपके लिए आज रहेगा व्हाइट और तो शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक मकर राशि की ओर आगे बढ़े लेकिन उससे पहले जो हमारे दूसरे भाग्यशाली विजेता हैं तो नौरंग कुमार जी हैं पटना के हैं इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 18 जुलाई उन्नीस जन्म का समय सात बजकर बीस मिनट और पटना का इनका जन्म है इनका जो प्रश्न है कि हमें गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी तो देखिए जी आपकी जो कुंडली बनती है कर्क लग्न की कुंडली बनती है और वृश्चिक राशि बनती है चंद्रमा यहाँ पर नीच के हो गए पंचम स्थान पर शनि चंद्रमा का विस्तोष आपकी कुंडली में बना हुआ है कर्म के जो घर के अंदर बैठे राहू बैठे हुए हैं तो सरकारी नौकरी बहुत ही मुश्किल है मिलना पॉलिटिक्स के क्षेत्र में नौरंग जी आप ट्राई करेंगे तो उसमें आप सक्सेज होंगे एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में भी यदि आप ट्राई करेंगे उसमें भी आप आप सक्सेस हो सकते हैं तीसरा मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं इसमें भी आप सक्सेस होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आपको उपाय के तौर पर सबसे पहले तो नियमित रूप से राहु स्त्रोत का आपको पाठ करना रहेगा दूसरा आप एक देसी मुंगा बनवा करके राइट हैंड की रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं और एक माणिक खास करके गले में लॉकेट बनवा करके आप पहन सकते हैं दो स्टोन जो रहेगा ये आपके लिए बहुत लकी स्टोन रहेंगे ब्लैक कलर को जीवन में अवॉइड करिएगा और माता पिता के चरण स्पर्श करके पैर जरूर उनके छूए आशीर्वाद जरूर लीजिए तो बढ़ते हम अपनी अगली राशि पर हमारी अगली राशि आती है मकर राशि तो मकर राशि के जात को आज आप लोग दूसरों के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने से बचें तो ठीक रहेगा किस्मत का साथ मिलने में आज कुछ परेशानी आ सकती है आज आप किसी सामाजिक कार्य में अपना सहयोग दे सकते हैं जीवनसाथी के साथ आज आपके संबंध काफ़ी बेहतर रहेंगे उचित दिशा में मेहनत से आज आपको सफलता प्राप्त होगी इसमें तो कोई शक ही नहीं है मकर राशि के जातक हैं और स्टूडेंट हैं एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा दिन आपके लिए रहेगा पढ़ाई के प्रति आज आपकी रुचि बढ़ सकती है आर्थिक रूप से किसी भी बड़े फैसले के लिए आज, आज आपको सतर्क रहकर काम करना होगा कोर्ट कचहरी के मामले में आज, आज आपको सफलता मिलेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कनक स्त्रोत का पाठ करिए अपने इष्टदेव को प्रणाम करिए गुरुजनों को प्रणाम करिए घर से निकलने से पूर्व मीठा खा करके निकलिए दिन आपका शुभ रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा नीला और शुभ अंक रहेगा एक्वायर्स कुंभ राशि तो देखिए दो भाग्यशाली हमारे विजेता हो गए आप लोग भी भाग्यशाली विजेता हो सकते हैं इस वीडियो को फटाफट लाइक करना होगा अपना नाम डेट ऑफ टाइम प्लेस और आपका प्रश्न ये कमेंट करिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए इस वीडियो को जमकर शेयर करिए इतना छोटा सा कार्य करना है और आप लोग जो है अगले भाग्यशाली विजेता हो सकते हैं निश्चित ही होंगे तो कुंभ राशि के जातकों आज, आज आपको किस्मत का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा साथ ही कारोबार में आज आपको धन लाभ होगा आज आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी मजबूत रहेगी लेकिन आज आपके पास पैसा तो आएगा लेकिन खर्च का वेग बहुत तेज रहेगा एक रास्ते से आएगा दूसरे रास्ते से निकल जाएगा तो इससे आज आपको बचना रहेगा आज पूर्व में किए गए निवेश आपको अच्छे धन दिलाएंगे आज आपकी क्रिएटिविटी से लोग प्रभावित होंगे आज आपके रिश्तेदार आपका पूरा सहयोग करेंगे वैवाहिक जीवन के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी जीवन साथी आज आपकी भावनाओं को जो है भावनाओं की कद्र करेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन कोशिश कीजिएगा दोनों हथेलियों के दर्शन करिए क्राग्रे लक्ष्मी कर्मध्य सरस्वती करमूले तो गोविंदा प्रभाते कर अथेरियों के दर्शन धरती माँ के चरण स्पर्श करिए और आज के दिन देखिए पंछियों के लिए कुछ आप चावल हो गया गेहूँ हो गया बाजरा हो गया ये अपने छत पर जरूर डालिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि तो मीन राशि के जात को आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे किसी अधूरे काम में आज हाथ लगाने की वजह से जल्दी पूरा होगा ऑफिस में प्रमोशन के लिए आज आपको नया मौका मिल सकता है किसी धार्मिक क्रियाकलापों में या कोई मैरिज जो है फंक्शन में आज आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं आ, मीन राशि के हैं और यदि आज आप कम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आप सफल रहेंगे कैरियर में उन्नति के अच्छे मार्ग खुलेंगे व्यापार में कोई नया अनुबंध हो सकता है परिवार वालों के साथ कुछ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी आज आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा लेकिन आज प्रातःकाल से बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि धर्म स्थान पर दूध का दान दीजिए और श्रीमंत्र का मानसिक जाप करिए आज केसर का तिलक मस्तक जिब्भा नाभि पर निकाल जो है लगा करके तब घर से निकलिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा सेफ्रॉन कलर का शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए और दिल्ली आ रहे हैं दर्शकों तेज जो है 24 25 को हम दिल्ली में रहेंगे तो जो भी दिल्ली से दर्शक हैं आप लोग हमसे मिल सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय माँ लक्ष्मी My beloved is far away.